तो हैलो गाइज तो गाइज कैसे हो आप लोग तो गाइज अज्जू भाई को तो आप जानते होंगे तो गाइज अज्जू भाई को कौन नहीं जानता फ्री फायर के सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर हैं और उन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है तो गाइज वही हम करने जा रहे हैं आज टोटल गेमिंग का फेस रिवील तो बहुत सारे फैंस उनका फेस देखना चाहते हैं बट अभी तक उन्होंने फेस रिवील नहीं किया है तो आज हम करेंगे उनका फेस रिविल अगर आप भी उनका फेस रिवील देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ गाइज इस वीडियो के अंदर मैं एक रिडीम कोड देने जा रहा हूँ वीडियो में कहीं भी बीच में रिडीम कोड दे सकता हूँ तो वीडियो को पूरी देखिए तो गाइज मुझे जूबाई की बहुत पुरानी फेस कैंप वाली लाइफ स्ट्रीम की वीडियो मिल चुकी है तो गाइज वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ बट उसमें मैं आपको फेस ब्लर दिखाऊंगा क्योंकि तो मैं अपने चैनल पे वो वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि उन्होंने अब तक अपना फेस रिवील नहीं किया है तो गैस अगर आपको बिना ब्लर वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दो हैश टोटल गेमिंग फेस रिविल तो गैज मैं उसकी भी वीडियो पूरी ला दूंगा तो गाय अभी मैं आपको वाली वीडियो दिखाने जा रहा हूँ तो गौर से देखिएगा ये वो वाली वीडियो तो वह वीडियो दिखाने जा रहा हूँ तो वीडियो आपके सामने पेश होने जा रही है तो कैसे थ्री टू एंड वन तो ये रही आपके सामने वीडियो तो बस आप देख सकते हैं इस वीडियो में टोटल गेमिंग गु भाई खेल रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ यही है हमारी टोटल गेमिंग यानी कि अजू बाइक की वीडियो तो गैस में फेस ब्लर है लेकिन आपको अगर बिना फेस ब्लर वाले वीडियो चाहिए थी, चाहिए तो कमेंट में लिखा लिख दो हैश टैग टोटल गेमिंग फेस रो तो गाइज यही थी हमारी छोटी सी वीडियो तो गाइज अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक्स फॉर वॉचिंग टाटा बाय बाय